एग्जाम एग्जाम एग्जाम एग्जाम का का मौसम आवा। का का मौसम आवा? हाँ गुलू का है हाँ, बोर्ड वाले स्कीम निकाल और पच्चीस पेपर है अरे तो नहीं फिर से हुई यार तो या तो पेपर देख ये। और हो दियो मरा, मरा हो जाए। अबे अब हुई का कुछ तरीका निकालो कैसे बचा जाए से जाए यार एक जान देख पर अगली बार तो अगली बार रहे? तो नहीं नहीं। अगली लॉकडाउन ही करना हमारे साथ तो ये तो हुआ हम दोनों लोग सत्यन तो बैठ के देखते रहे मारियो, तो अबे, तो तो पापा जूतन और मम्मी अम डंडन पिटाई। हम का लग रहा है, ये बार तो लाल हुई। नीले हुई जाए मुझे आग ना करो लाल टी शर्ट तो मार मार हाँ यार चलो पढ़ाई लिखाई करो हाँ। जो लोग ऑनलाइन क्लास की नहीं, नहीं। ऑनलाइन वाले कुछ रंगा नहीं आए उन लोग पढ़ाई करें सबका एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट यूपी बोर्ड वाले पच्चीस अमा यार भूल कुछ लोग उनके पंद्रह से चालू हैं कुछ लोग उनके से चालू हैं अच्छा अच्छा सबका सब बधाई बधाई देता हाँ, पेपरन की सब का सब लोग ढंग से से कियो पेपर अच्छे घबरायो नहीं और हाँ सभी बच्चों के माता पिता से निवेदन है रिजल्ट वाले दिन बच्चों की कुटाई ना करें और कुटाई करें तो पिछवाड़ा लाल ना करें हकी तो बहुत खराब लगता है दर्द होता है और जूते चप्पल से तो बिल्कुल ना मारें मारते वक्त ध्यान रखें बच्चा कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं पा रहा है अपने बचपन को याद करें फिर अपने बच्चों पर वार करें धन्यवाद